जा रहे व्हाइट ट्रिपल फोर की तो आज तक आप लोगों ने व्हाइट ट्रिपल फोर का गेम प्ले तो बहुत बार देखा होगा लेकिन व्हाइट ट्रिपल फोर के कुछ ऐसे मैचेस हैं जो कि शायद आप लोगों ने नहीं देखेंगे लेकिन उन मैचेस के अंदर व्हाइट ट्रिपल फोर ने ऐसा खेला है जिस पर को बिलीव नहीं कर सकता तो आज के वीडियो के अंदर आप लोगों का एक ऐसा मैच दिखाने वाला हो जिसके अंदर हमारे इंडिया के स्कॉड ने व्हाइट के पूरे स्कॉड करा दिया था खास बात तो यह है इसके बारे में ज्यादातर बंदो को पता भी नहीं है अगर आप लोग जानना चाहते वो बंद कौन है जिसने व्हाइट की पूरी स्क्वाड करा दिया तो आप लोग इस पूरा एंड तक जरूर देखते रहना आपसे बहुत सारे बंद सोचते होंगे वन वी वन में किसी ने नहीं हराया लेकिन अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हो तो मैं आपको बता दू एक बंदा ऐसा है जिसने वाइट ट्रिपल फोर को वन वी वन के अंदर हरा दिया था वो मैच भी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला था कि आप लोगों को पता चल पाए व्हाइट ट्रिपल फोर किस किस से हार चुका है और कितने लोगों को हरा चुका है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना ही बोला चाहूंगा आप लोग वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो गाइज आप लोग भी जीत सकते हो एक हजार रुपये का रिडीम कर पता चलने वाली है वीडियो के अंदर तो गाइड आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब बेल आइकन बेलाइक सेट कर देना था कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रही तो अगली बार रीडिंग को, so आप को लेकर so. so so मैच हुआ था वर्ल्ड के दो सबसे खतरनाक लेजेंड के बीच में हुआ था आपको पता है व्हाइट ट्रिपल है हमारा हेड शॉट लेकिन साइब्लस है लेकिन यहाँ पर जो मैच हो गए पांच हो गया था लेकिन उसके बाद आप लोग देखो साइब्लस ने चश्मा उतारा उसके बाद यहाँ पर खेलता है भाई ये बंदा ये गेम साल पुराना है लेकिन आप लोग तब भी देखो भाई मूवमेंट स्पीड कितनी तेज है इस बंदे की खतरनाक खेल रहा है सीधा सी फैड मारा बॉडी शॉट तो मार भी नहीं रहा तो यह बंद अपना बढ़िया गेम प्लेय दिखाता है लेकिन उसके बाद यह बंद व्हाइट ट्रिपल के आगे चार राउंड ऐसी आप लोग समझ ही यार इतना खतरनाक गेम प्लेयर साइबर का लेकिन उसके बाद भी व्हाइट ट्रिपल फोर ने सात चार बंद को हरा दिया और हारने के बाद रिएक्शन देखो भाई बंदा बिल्कुल ही कंफ्यूज है अभी आप लोग देखे तुम्हारा वो मैच जिसके अंदर हमारी इंडिया की टीम ने व्हाइट की पूरी टीम को हरा दिया अगर तो इस मैच को खेला था हमारे इंडिया की तरफ से स्मूथ ट्रिपल फोर ने और उनके साथ बिलास गेमिंग सी एम और सनीचर भाई और ये मैच तो लिटरली पूरा देखने लाया था आप लोग यहाँ पर देखो भाई हमारे इंडिया की टीम ने भाई कितना बुरा मारा था इनको और यार मेरी नजर में तो क्या ये टीम हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है आप लोग यहाँ पर गेम प्लेय देखे तो भाई इनका कॉर्डिनेशन भी बहुत तकड़ा अगर फोर कस्टम की बात आती है तो क्या ये टीम हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है अगर आप लोग सोचो इन बंद छह फिर साँच यहाँ पर आप लोग लास्ट में स्कोर देख भाई कितने स्कोर से आया था अगर यहाँ पर दिक्कत ही आ रही थी वाइट ट्रिपल फोर का अपनी टीम के साथ कॉर्डिनेशन नहीं बारा था मतलब इस बंदे को अपनी टीम की तरफ से सपोर्ट मिल ही नहीं रहा था ये बंदा आगे जा रहा था खुद ना खो रहा था इसकी पीछे को आई नहीं रहा था ये रीजन था हमारी इंडिया की टीम व्हाइट ट्रिपल फोर की टीम से बहुत ही आसानी से जीत गई चलो लाइक एंड है जो है पूरे एक लाख लाइक और देखो तुम लोग चाहो तो कम्पलीट करा सकते हैं लेकिन तुम लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हो देखो आज कोई भी कंजूसी मत करना सीधे लाइक के बटन को दबा देना फाइनल यहाँ पर देते थे सारे बंदे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले एक बंदा बचा लास्ट का वो भी गया और यहाँ पर हमारी इंडिया की टीम होती है वो जीत चुकी है इस बार पर आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लगा दोगा हमारे जो थर्ड मैच आता है वो आता है व्हाइट ट्रेबल फोर वैसे नो ब्रो अगर आप लोग फ्री फायर की स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोगों को इस बंदे के बारे में जरूर पता होगा तो बंदा एक स्पोर्ट प्लेयर इसके टीम ने टू में फ्री फायर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था और ये बंदा उस टीम का सबसे खास प्लेयर था तो ये आप ने बहुत बार देखा भी हो तो जब ये मैच हुआ था तो उसके बाद भाई एकदम हल्ला मजिया था फ्री फायर में जिस स्कोर से व्हाइट ट्रेपल फोर ने इस बंद को हराया था उससे सभी बंदे कंफ्यूज थे जो बंदा फ्री फायर की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया उस बंद को ऐसे स्कोर से हरा सकता है हमारा व्हाइट ट्रिपल फोर भी कम थोड़ी है ये बंदा भी भाई इतना खतरनाक खेल रहा सीधा हेड ट मारे जा रहा था और जब भी नार रहा था इसमें तो आप लोग उस बंदे का रिएक्शन देखना क्योंकि उस बंदे का चेहरा देख के भाई ये लग रहा था उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है कर जहाँ तो पर आप लोग देख सकते हमारा मैच होता है वो छह जीरो हो चुका है अब आप लोग क्या लगता है नोबरू एक भी मैच जीत पाएगा या फिर नहीं बस तो हमेशा से मेरे मन में ये सवाल आता है अगर व्हाइट और फोर स्टार का कस्टम हुआ तो इन दोनों के बीच में कौन जीते तो तो गया? तो आप लोग पता ना आप लोग क्या लगता है कौन जीतेगा तो वैसे अगर आप लोग लगता है राइट स्टार जीतेगा तो आप लोग हैशेगेग लिख देना कमेंट में काउंटिंग कर पाऊँ इस में कौन जीता है साइड में रखो आप लोग यहाँ पर देख सकते नोबरू को व्हाइट ने सात जीरो से हरा दिया अब ये मैच फ्री फायर हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मैच में से था हमारे सेकंड नंबर पर मैच आता है ये तो सबसे खतरनाक मैच था और ये मैच बहुत ही सैड मैच भी था इसमें खेला था वाइट ट्रिपल फोर अपने इंस्पिशन के साथ मतलब जिस बंदे बंद व्हाइट ट्रिपल फोर ने गेम खेलना सीखा था उसी के साथ ये कस्टम कर रहा था। तो क्या ये बात पता था यह बंद व्हाइट ट्रिपल फोर का इंस्पिशन है लेकिन जब व्हाइट ट्रिपल फोर इस बंद के साथ खेल रहा था तो इस बंद ने शुरुआत में एक मैच तो हरा दिया लेकिन उसके बाद व्हाइट ट्रिपल फोर लगातार गाइड सारे मैच इस बंद ऐसी जीतता गया फिर लास्ट में आके इस बंदे को साथ एक ऐसी हरा दिया तो यार को इतना बुरा लगा फिर पता नहीं इस बंद को क्या हुआ इस बंद यूट्यूबल वीडियो डालने खत्म कर दिया गेम को भी क्विट कर दिया तो यार आज तक मैंने तो कभी कोई ऐसा मैच नहीं देखा जिसमें यार एक कस्टम हार नहीं कोई बंदा अपना छोड़ दे और अपना चैनल दे। भी देखा है यहाँ पर आप लोग दोनों लो गेम प्ले भी देखे तो भाई एक साल पुराना गेम प्ले लेकिन तब भी देखो यार दोनों बंदो की मूवमेंट स्पीड कितनी तेज है और उस टाइम टाइम खेल रहे मार रहे थे जल्दी से कम्पलीट कर लाएंगे सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना ताकि जैसे हम लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपल करें आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा जब तक हम लोग यहाँ पर बात कर करते व्हाइट ट्रिपल फोर ने इस बंदे बंद दो मैचेस हरा दी यहाँ पर देख सकते तो जीतने वाला मैच है ये भी वाला। ऐसे तो यार लेकिन ये मैच आप लोग एक मिनट के अंदर दिखा दिया टाइम वेस्ट हो यहाँ पर आप लोग देखते हैं लास्ट राउंड बचा है व्हाइट ट्रिपल फोर छह मैच जीत चुका है यहाँ पर एक राउंड और जीतना है वाइट ट्रिपल फोर को यहाँ पर व्हाइट ट्रिपल फोर ऐसे मैच का बिना बन जाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक मैच है वैसे अगर आप लोग इस बंद की जगह होते तो आप लोग चाहकर भी कभी अपने चैनल को क्विट कर पाते यार मैं तो कभी नहीं कर पाता। पाते चैनल को ग्रो करने में इतनी मेहनत लगती है और ये ये बंदे ऐसे चले जाते हैं। आप लोग खुद इतना खतरनाक मैच है ये भी सेकंड नंबर पर आया है तो टॉप नंबर पे कौन सा मैच होने वाला है इस वीडियो में इस मैच को सर्वर का पहला ऐसा बंदा था जिसने व्हाइट को पूरी टक्कर दी वन वन में मैच को छह छह तक ले गया था अगर ये मैच भी बहुत पुराना है जिस वजह से बंदा पहला ऐसा बंदा बना था जिसने व्हाइट ट्रिपल फोर में हराया था अभी तक हमें बहुत सारे ये की व्हाइट ट्रिपल फोर को आज तक किसी ने वन विवन में नहीं हराया होगा तो अगर आपका भी कोई दोस्त ये कहता है कि फोर को आज तक किसी ने वन विवन में नहीं हराया तो आप लोग भी, तो भी है उस टाइम को रिएक्शन देखना इसका रिएक्शन देखे वो इतनी हसी आई थी आपको क्या ही होता है वो आप लोग खुद ही देख लेना उस टाइम साइबलेस कुछ ऐसा सोच रहा होगा तो नहीं पाया इसने कैसे हरा दिया जल्दी ऐसी तो चलो को हम लोग यहीं करते हैं उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना और भी ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर देना और मैं मिलता हूँ तुम तो लोगों से अगली वीडियो में तक इतना बाय बाय थैंक्स फॉर वॉच